दोस्तों नमाज पढ़ते असल वरि वाक सल फरमान की जाने वाली एक नई रिसर्च आपको बताएंगे जब साइंसदारों ने नमाज पढ़ने वाले एक शख्स के दिमाग पर जदीद मेडिकल आलात लगाए उन्हें क्याज नतज देखने को मिली दोस्तों यह रिसर्च मलेशिया के एक यूनिवर्सिटी के एक टीम ने साइंस साइंसदानों की क्यादत में एक रिसर्च की जिसमें नमाज में मसरूफ़ अफराद के दिमाग के हिस्सों को नमाज के मुख्तलिफ मराहल दरमियान यानी रुको सजूद और क्याम में दिमाग के अंदर मौजूद अंदरूनी सिग्नल का मताला किया गया और मुख्तलि नतज से मालूम हुआ कि नमाज के दौरान बिलखसूस सजदे के टाइम दिमाग में अल्फाबेट एक्टिविटी में नमाज में यह इजाफा हो गया दोस्तों अल्फाबट इंसानी दिमाग में सुकून इतमीनान और खुशी के जज्बात पैदा करती है यह रोज रोज की मुश्किल और तकलीफ के शिकार दिमाग को पुरसकून बनाने और इंसानी सलाहियत को निखारने में भी अहम किरदार अदा करती है और सदे के दौरान दिमाग के इन हिस्सों को अल्फाबेट का अखराज रसूल अक्रम सलाम की इस अहदीत को हक बर्फ सच्चा साबित करता है मोमी सदे के दौरान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है दोस्तों कुछ समय पहले हमारे इंडिया के शहर हैदराबाद के एक मशहूर साइकोलॉजिस्ट ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि नमाज पढ़ने वाले दिमागी बीमारी से महफूज रहते हैं और मुख्तिक में दोस्तों हो चुका है नमाज इंसानी जिसम के लिए वर्जिश है। जिसके पढ़ने से चेहरे पर नूर आता है जिसके पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है यह वो मुकदस इबारत है जो अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया को अता की है जो हमारे लिए आखिरत का जरिया है इसका सवाल क्यामत के रोज सबसे पहले होगा आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको पांच वक्त की नमाज पढ़ने की तौफीक अदा फरमाए वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए और ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्लाह हाफिज